हेलो दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से दीपावली है वो सेलिब्रेट की होगी और फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया होगा लेकिन अब आप लोगों के लिए आना पड़ेगा जैसे आप लोग पहले तैयारी कर रहे थे वैसे ही आप लोगों के लिए फिर से अपनी तैयारी पूरे जूस और जुनून के साथ में स्टार्ट करनी है और देखिए पेपर के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं तो और ज्यादा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा और सही स्ट्रेटजी के साथ में सही डायरेक्शन में भी आपको तैयारी करनी है तो हमने आपको बोला था जैसे दीपावली हो जाएगी तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कब से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी लेकिन हमने सोचा चलो इन्फॉर्मेशन के साथ में एक छोटी सी आप लोग के यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर की जाए और आप लोग प्रोवाइड भी कराई जाए ओके एक सिंगल क्लिक में आप लोग सारे डाउनलोड भी कर सकते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो टेस्ट पेपर हैं वो हम आज ही निकलवा के लाए थे 2011 से लेकर के जो 2022 तक यूपीएससी जो आई का पेपर होता है परलेम्स का यानी पीटी का एग्जाम होता है इसका जी एस फर्स्ट पेपर है ना वो सारे टेस्ट पेपर हम निकलवा के लाए हैं इन्हीं से जिससे मेरिट बनती है वो वाले टेस्ट पेपर हम निकलवा के लाए हैं इन्हें आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वैसे हम आपको पहले भी बहुत सारी पीडीएफ डी प्रोवाइड करा चुके हैं लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें कहीं भी बाटर मार्क नहीं है और कहीं भी आपको ओवरराइटिंग नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि आप लोग कोचिंग की साइट पर जाकर के डाउनलोड करते होंगे तो उनमें बहुत सारे बाटर मार्क लगे होते हैं या फिर ओवर की हुई होती है इनमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा एकदम अल्ट्रा एच एकदम क्लियर आपको देखने को मिलेगा और जो हम ये निकलवा के लाए थे जैसे देखिए आपको छोटा सा हम इधर ट्यूटोरियल भी भी दिखा देते हैं, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है ये देखिए हम सारे अपनी आप ही सारे पंच पंच किए थे हम क्योंकि सारी शॉप बंद थी ज्यादा शॉप खुली हुई नहीं थी तो बोले थे भैया ये लिखा दीजिए हम अपने आप जाकर ये सेट कर लेंगे लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है की आखिर आपको इनको यूज़ तो इन अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इम्प्रूव और एनहांस कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं वो हम आपको बताएंगे इनमें आंसर की नहीं दे रखी है और आंसर की आपको जरूरत भी नहीं है इनमें तो इनको यूज कैसे करना है क्योंकि बहुत सारी है और इससे आपको पेपर का ट्रेंड समझ में आएगा तो कैसे जो टॉपर्स लोग होते हैं वो कैसे इसका यूज करते हैं और बहुत ही आसानी से पीटी को क्वालिफाई कर लेते हैं कम मेहनत के साथ में ज्यादा आउटपुट दे देते हैं ओके तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कहाँ से डाउनलोड करना है और हाँ कुछ एक्सर चीजें भी बताएंगे जैसे दीवावली पर हम घर नहीं जा पाए थे जिस दिन हम घर जा रहे थे उसी दिन एक छोटी सी समस्या नहीं छोटी नहीं बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए आ गई थी जिस वजह से हम घर नहीं जा पाए तो मम्मी भी काफी नाराज हुई थी और हमें तो बहुत बुरा लगा था एक दिन तब तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगा तो हमने सोचा कोई बात नहीं अब घर नहीं जा पाए तो उस अफसोस को लेकर के नहीं बैठें कुछ नया करते हैं तो यहाँ पर हमने बहुत सारी नई चीजें की हैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे और उनसे भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर हमने सोचा आप लोगों से भी छोटा सा वीडियो है जिसमें हम लोग आपस में बात करेंगे तो हम आपको जो अपनी जर्नी है थोड़ी सी से वो शेयर करेंगे ओके तो देखिये ये तो इधर चल रहा है कोई बात नहीं हम आपको ये टेस्ट पेपर दिखाते हैं देखिए इसको हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं इधर पंच वंच हम करते रहेंगे काफी देर तक क्योंकि काफी सारे हैं इस वजह से तो देखिये इनमें हम आपको बताते हैं सबसे पहले देखिये जो ये टेक्स्ट पेपर है नंबर एक ए नीट एंड क्लीन आपको देखने को मिलेंगे और ये बाई है मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा आप लोग देख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है देखिए जब आप इनको देखेंगे तो आप ऐसा हिंदी मीडियम में तो ये मत सोचिएगा कि हम इंग्लिश मीडियम वाला पेज हटा दें हमने इसी वजह से जो हम आपको पहले प्रोवाइड कराए थे उनमें ये, या तो हिंदी था या फिर इंग्लिश का था अलग अलग था आप बुक भी लेने जाते हैं वो भी हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है और उसमें या तो तुरंत आंसर दे देते हैं ये सबसे बड़ी समस्या का कारण होता है कि तुरंत आंसर मिल जाता है हम उसको पढ़ते नहीं देखिए इनको कैसे यूज करना है तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिर इतने सारे टेस्ट पेपर हैं जो 2011 से लेकर के बाईस तक ये जो टेस्ट पेपर कितने रुपए के हमें पड़े अगर आप लोग निकलवाएंगे तो कितने रुपए के लेंगे तो ये हम जो निकलवा के लाए थे ये पी ये हमें 280 रुपए की पड़ी क्योंकि 50 पैसे कॉपी यहाँ पर हो जाता है बहुत सस्ता हो जाता है आप लोगों की यहाँ भी जो बड़ा वाला मशीन रखते है ना जो हाथी वाला मशीन होता है बड़ा वाला उससे बहुत सस्ता निकलता है आप लोग की बात करेंगे तो वो साठ सत्तर पैसे निकाल देते हैं देखिये ओके तो आप भी लोग निकलवा सकते हैं लेकिन जब आप लोग निकलवाएंगे ना तो निकलवाएंगे कैसे तो देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें आप कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को एक लिंक मिल जाएगा वहां पर हमने एक पीडीएफ बना दिया वो है वो पी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिये जैसे हम ये निकलवा खिलाए थे हमारे इसमें थोड़े से पैसे बर्बाद हो गए बर्बाद कैसे हो गए देखिये फ्रंट पेज है सेम चीज लिखी हुई है फिर इसके बैक में देखेंगे सेम चीज लिखी हुई है मतलब एक तरफ हिंदी में है ये लिखा हुआ एक तरफ इंग्लिश में है लिखा हुआ और आप लोग इसमें इस तरह से देखेंगे ना पीछे इसमें बहुत सारे पेज होते हैं ना वो आप देखेंगे कि ये कुछ नहीं होता है मतलब खाली छूटे हुए होते हैं देखिए ये आप ही क्या चले जाएंगे बर्बाद चले जाएंगे लेकिन आप लोगों के बर्बाद नहीं जाएंगे तो हमने क्या किया हमने खुद से सभी के अच्छे से फोटो स्कैनिंग कराया था तो स्कैनिंग कराने के बाद में हमने खुद से आप लोगों के लिए पी बना दी है आप लोगों के लिए दिखा भी देते हैं पी काफी इम्पोर्टेंट है तो यही पी आप लोग डाउनलोड करेंगे और इसमें एक खास बात क्या है हमने इसमें क्या कर दिया है हमने इधर देखिए आप लोगों के लिए इस तरह से नंबर भी लिख दिया जैसे 2011 का पेपर वो कहाँ से किस से किस पेज नंबर तक मिलेगा बस इसमें क्या है दो पेज हैं जिसमें हमारा थोड़ा सा मतलब ये एड टाइप का देखने को मिलेगा एड नहीं है मतलब ये इन्फॉर्मेशन दी है क्लब की थोड़ी सी बस दो ही पेज हैं और कुछ नहीं है और हमने कहीं पर भी इस वजह से जो टेस्ट पेपर है ना मतलब जो भी प्रिवियसर के क्वेश्चन पेपर है हमने बीच में कहीं पर भी जो मार्क होता है बाटा मार्क होता है वो कहीं भी यूज नहीं किया कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम स्क्रीन पर, पर दिख पा रही हो ना दिख पा रही हो तो क्योंकि बहुत हम छोटा सा दिखा रहे हैं आप लोगों के लिए लेकिन वैसे आप लोग देखेंगे तो सारी पीडीएफ और एक्स्ट्रा जितने भी पेज थे इसमें लगभग पचपन पेज हमने निकाल दिए तो आपके पचपन पेज बच जाएंगे यहाँ पर ओके okay? और यहाँ पर कहीं भी हमने बीच में वाटर मार्क यूज नहीं किया है जिससे आप लोगों के लिए या ओवर राइट या फिर वो कोई समस्या नहीं आने वाली है आपको तो ये डाउनलोड कर ले कर लीजिएगा जाकर के और ये वाली लीजिए जा करके ये काफी आपको प्रॉफिटेबल होगी ओके okay? तो इसको हम हटा देते हैं अब आप लोगों के लिए कुछ और चीजें बता देते हैं देखिए जैसे इसको यूज कैसे करना है तो देखिए इसको यूज कैसे करना है जूरॉक्स के पैसे भी बता दिए सारी चीजें बता दी लेकिन अब इसको यूज कैसे करना है तो देखिए यूज़ करने के लिए जब भी आप पढ़ाई करें तो इसको जैसे गर्लफ्रेंड नहीं होती है मन करता है उसको हमेशा पास में रखें उसी तरह से इसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लीजिए और हमेशा इसे अब लड़के गएंगे हम हम कैसे बनाने रहे हम लैसी या नहीं कोई बात नहीं आप बॉयफ्रेंड समझ लीजिए ओके तो देखिए आप लोग आप लोग देखेंगे की यहाँ पर जो ये टेस्ट पेपर है ना इन्हें हमेशा अपने पास में रखिए जब भी मन करे खाली बैठे हुए हों या फिर जब आपका मन ना लगे किसी और की याद आए तो इनको खुल करके बैठ जाइएगा और देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसका आंसर नहीं देखने को मिलेगा इसी वजह से हमने खुद भी आंसर की नहीं निकलवाई है ओके तो आंसर की इसलिए नहीं निकलवाई है आप क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आएगा कि जो यूपीएससी है वो किस तरह से ट्रेंड पूछता है और फिर आप लोग जब पढ़ेंगे उनको अच्छे से रिवाइज करिए बार बार पढ़िए तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी और देखिए इसी तरह से आपको यूज करना है और इन चीजों पर हमको फोकस करते हुए चलना है ओके तो इस तरह से आप लोग पढ़ना है और फिर इनकी आंसर की कब मदद चलेगी तो जब आप लोगों का हम आ, मार्च के करीब में मार्च या फिर मार्च के करीब में या फिर अप्रैल में आप लोगों के ये टेस्ट पेपर हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे ओके? जब सारे के सारे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में पीडीएफ होगी तो आप लोग खोल करके रखिएगा और आप लोगों के लिए इसकी आंसर की नहीं खोजनी है किसी की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आंसर की खोजने लगे नहीं आप लोगों के लिए आंसर की बिल्कुल भी नहीं खोजनी है बस इनको क्वेश्चन को देखना है और आपको हल्के हल्के ट्रेंड समझ में आने लगेगा आप इनको सोल्व करने लगे तो समझ लीजिएगा आप यूपीएससी के लेवल पर पहुंच चुके हैं क्या नहीं है कि लेबल वालों से दोस्ती करनी चाहिए पढ़ लीजिएगा हाँ, में सक्षम हूँ यानी कि अब आप प्रसाने के लिए हंड्रेड परसेंट तैयार हो गए हैं और अगर आप क्या करेंगे क्वेश्चन देखेंगे उसका आंसर देखेंगे उसका सोलूशन देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो गया तो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर होना कैसे पता चलेगा तो इसी तरह से आप लोग पता कर तो लो सकते यूज करना है और अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इम्प्रूव और एनहांस करना है ओके और देखिए जैसे आप लोग जानते हैं कि हमने जो स्टार्ट किया था जो नॉन स्टॉप स्टडी चैलेंज जो स्टार्ट किया था तो हम घर तो इस बार गए नहीं थे तो इस बार हम उसको जो ये आप लोग थमने इसका देख सकते हैं ये चल रहा था ओके चार महीने हमारी जो स्टडी और इसमें आप लोगों के लिए प्रॉफिट भी काफी ज्यादा है कि आप लोगों के लिए बहुत सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे तो देखिए हमने बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी तो देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जो नोट हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे और इन पर मैरासन क्लासेस भी चलेंगे देखिये इस तरह से कितने बेहतरीन नोट्स हैं जो आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स हैं ये सारे तो इस वजह से तो देखिये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरह से ये सारे नोट्स है वो हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं और हमने कुछ एक्स्ट्रा भी तो जैसे प्लॉलिटी पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए थे तो हम यू पीपीसी स्टार्ट किए थे तो देखिए यूपीपीसीएस के भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे जो नोट्स हैं वो इस तरह से ये यूपी पीसी को मिलेगा ओके? और इसी तरह से हमने सोचा की आप लोग विजन काफी पसंद करते हैं तो विजन पर हम क्लास भी प्रोवाइड कराते हैं विजन की वीडियो आप लोग हमारी बहुत देखते हैं और क्लासेस वाली तो आप लोग हमारी वीडियो देखते नहीं है ज्यादा कोई बात नहीं तो आप लोग देख सकते हैं विजन की भी हम स्पेशली टॉपिक वाइज मतलब सभी टॉपिक्स की अलग अलग बना रहे हैं जैसे की अलग बना रहे हैं ज्योग्राफी के अलग बना रहे हैं हिस, हिस्ट्री की तो ज्यादा नहीं होता है आर्ट एंड कल्चर का उसमें होता है उसकी अलग बना रहे हैं और साइंस टेक के अलग बना रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से सारे बना रहे हैं और ये थ्री का ही कंपाइलेशन आपको एक तरह से देखने को मिलेगा जितनी भी न्यूज होती है वो थ्री में होती है तो हम पहले ही इसको कंपाइल कर ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए ए भी प्रोवाइड कराई जाएगी तो बहुत कुछ नया आप लोगों से मिलने वाला है सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग भी हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं और हाँ जैसे अमित मौर्य जी उन्होंने कॉल किया था तो हम कॉल बैक नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं था इस वजह से कॉल आता है तो उस वक्त हमें पता नहीं चल पाता है क्योंकि मोबाइल हमारा साइलेंट पर रहता है और फिर जब हम करते हैं तो हमारे पास में बैलेंस नहीं था तो बैलेंस कल करा लेंगे तो कल या परसों जब बैलेंस कराएंगे तो आप लोगों को कॉल कर लेंगे ओके तो आप लोग तुरंत कॉल करते तो तो रिसीव हो जाते थे ठीक है वरना हमारे मोबाइल बैलेंस नहीं रहते हम आप लोग कॉल नहीं कर पाते हैं व्हाट्सएप हमने खोलना बंद कर दिया है कुछ दिनों से वो फिर से एक तारीख से जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो व्हाट्सएप पे सबके रिप्लाई किए जाएंगे ओके क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है और आप लोग जानते हैं चार महीने की तो हमने स्टडी नॉन स्टॉप स्टडी जो चैलेंज ले लिया है उसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि आप लोग के लिए नोट प्रोवाइड कराना हैं हमने पब्लिक ही बोल दिया है कि नहीं हमको ये सारी चीजें कवर करनी और नहीं करेंगे तो भी ठीक बात नहीं है तो हम पूरे टाइम यहाँ पर पढ़ते रहते हैं वो अपना टारगेट वो पूरा करते हैं और टारगेट पूरा करने में हालत खराब हो जाती है पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता क्योंकि हम बहुत बार आप लोग पढ़ा चुके हैं समस्या है किसमें आती है समस्या आती है नोट्स बनाने नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है बहुत नहीं बहुत ज्यादा ये देखिए आपको पॉलिटिक दिखाते ऐसे देखिए इसमें हम कलरफुल ये सारी चीजें यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं इसको मतलब ये आपको दिखने ना यहां तक हम पढ़ चुके हैं तो इसमें क्या होता है जैसे पढ़ने में तो हम बहुत जल्दी सारा खत्म कर देते हैं लेकिन नोट्स बनाने में हमें उससे अगर हम एक दिन में जितना पढ़ लेते हैं उसको अगर हम नोट्स में कन्वर्ट करते हैं नोट्स बनाते तो हम वो दिन लगता है यानी कि ओवरऑल कितना तो दिन हो जाता है चार दिन हो जाता है इसलिए इसमें टाइम काफी लग जाता है नोट्स बनाने में समय ज्यादा जाता है अच्छे नोट्स बनाने में क्योंकि हम केवल क्वालिटी से नोट्स नहीं मतलब मतलब जो एम लक्ष्य रखते हैं इससे ही सिर्फ नोट्स क्वालिटी के नहीं बना रहे हैं बल्कि हम इसमें चार रिसोर्स का उपयोग करते हुए फिर नोट बना रहे हैं और जो भी हमारी भी नॉलेज है आप लोगों को इतने इतनी बार पढ़ा चुके हैं वो भी नॉलेज है थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके एक्स्ट्रा नोट्स में डालते हैं तो नोट्स है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का आप लोगों को मिलने वाला है तो इस वीडियो के यहाँ प्री फिनिश करते हैं आप लोगों की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है तो आप लोग एक बार कंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो में जैसे ये सारे जो टेस्ट पेपर है आप इने कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है आप लोग जाकर के जरूर निकलवाइए और ए ही निकलवाइए वैसे आपके दस बीस रुपए बच जाएंगे भले अगर आप लोग बुक लेंगे लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा प्रॉफिटेबल ए होने वाला है इनसे मोहब्बत कर लीजिए प्यार कर दीजिए आप बीबी माने तो बीबी मानिए मम्मी पापा माने तो माने। जिससे भी आप बहुत प्यार करते हैं क्वेश्चन है? है। देखे भले ही रिपीट ना किए जाए लेकिन एटलीस्ट जब इन क्वेश्चन को आप सोल्व करने लगेंगे तो इससे ये पता चलेगा हाँ आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर पहुंच चुके हैं और हाँ एक बात आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि आखिर जो ये टेस्ट पेपर है इससे पहले के सर क्यों नहीं तो देखिये 2000 से लेकर 2022 तक 2011 से लेकर के 2022 तक बहुत सारे टेस्ट पेपर हो गए हैं इससे ज्यादा की तो आप लोगों के लिए आवश्यकता है नहीं और आवश्यकता होगी तो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा हाँ अगर आप लोग सीसीएट के अगर टेस्ट पेपर चाहते हैं तो इस वीडियो पे दो लाइक करिए आप लोगों के लिए सी की भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी तो सी सेट भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप लोग यूपीसीएस के चाहते हैं तो यूपीपीसीएस के भी इसी तरह से पीडीएफ बना करके आप लोग प्रोवाइड कराई जाएगी हम भी निकलवा खिलाएंगे और आप लोगों के लिए भी प्रोवाइड करा देंगे ओके और बुक भी अगर लेना चाहते हैं तो बुक के बारे में भी बता देंगे ओके तो चलिए इस वीडियो को यहाँ फिनिश करते हैं